आज हम बनाएंगे आलू के पराठे आलू के पराठे हमेशा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 300 ग्राम के करीब आटा जिसे मैंने एक छन्नी में डाल करके अच्छे से छान लिया है उसके बाद में हम इसमें एक चम्मच क्रश किया हुआ अजवाइन डालेंगे और एक चम्मच तेल आप चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं तेल की जगह पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम पानी डाल करके सॉफ्ट डो लगा लेंगे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो अब हम यहाँ पे हमारा आटा यहाँ पे लग चुका है इसे मैं 15 मिनट के लिए रख देती हूँ सेट होने के लिए आटा जब तक सेट हो रहा है तब तक इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने लिया एक चम्मच जीरा दो बड़े चम्मच धनिया इसको मैंने रोस्ट कर लिया है उसके बाद में हम इसको पीस लेंगे ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं आलू को ग्रेट कर लेंगे मैंने छः उले हुए आलू लिए हैं तो यहाँ पे अब ये ठंडा हो चुका है मैंने इसको पीस लिया है देख सकते हैं यहाँ पे मैं कटी हुई हरी मिर्च ली हूँ चार हरी मिर्च दी आधा कटोरी के करीब कटी हुई हरा धनिया है यहाँ पर हरी मिर्च और धनिया को हम डाल देंगे और जो मसाला हमने तैयार किया था जीरा और धनिया उसको हम यहाँ पर डाल देंगे चम्मच के करीब एक चम्मच नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे आप चाहो तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर वगैरह भी डाल सकते हो लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि तो हरी मिर्च हमने इस्तेमाल किया अब यहाँ पे आटा हमारा सेट हो चुका है हम यहाँ पे इसकी लोइयाँ तोड़ लेते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से नॉर्मल साइज़ की लोई लेंगे जितना बड़ा हम रोटी के लिए लेते हैं उतना बड़ा फिर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आटा लगा करके और एक पूड़ी की साइज का बेल लेंगे हम इसको जितना बड़ा अब इसमें हम जो आलू का स्टफिंग है उसको डाल देंगे ऊपर उठाएँगे और उसके बाद में जैसे हम मोमोज को कवर करते हैं उसी तरीके से हम इसको चारों तरफ से घुमाते हुए इस तरीके से कवर कर लेंगे उसके बाद में थोड़ा सा जो आटा होता है उसको निकाल देंगे इससे बहुत अच्छा पैकिंग हो जाता है चारों तरफ से और यहाँ पे हमने थोड़ा सा हाथों से टैप टैप करके मतलब हाथों से दबा दिया चारों तरफ से और फिर आप देख सकते हैं हल्के हाथों से आप बेलन चलाइए और कितना आसानी से दो तीन बार में ही ये पराठा तैयार हो जाता है फिर हम इसको तवा गरम था उस पे डाल दिए दस सेकंड के लिए मैंने दस सेकंड के बाद मैंने पराठा को पलट दिया है इधर भी दस सेकंड के बाद ही पलटेंगे फिर आप हम चेक करेंगे बीच में अब हम यहाँ पे तेल डाल करके पराठा को चारों तरफ से अच्छे से सेक से लेंगे आलू के पराठे बनाना बहुत आसान होते हैं बस कुछ थोड़ा सा हम अगर टिप्स और ट्रिक को ध्यान में रखते हुए बनाएं तो आलू के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके आलू के पराठे एकदम रोटी की तरह फूलें तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि जो मिर्च आप अपने हरी मिर्च डाला है उसे हम कट करके नहीं बल्कि उसे पीस करके डालें मिक्सी जार में इससे क्या होगा आपके आलू के पराठे एकदम रोटी की तरह फूलेंगे जब हम कटिंग हुई हरी मिर्च डालते हैं ना तो क्या होता है कि उसकी वजह से जब हम बेल देते हैं तो उसमें सही से वो फूल नहीं पाता पराठा हम इसी तरीके से दूसरा भी बना लेंगे इस तरीके से पलट लेंगे और इसको भी तेल लगा करके चारों तरफ से सेक लेंगे तेल या घी लगाएंगे जो आप खाते हो आलू के पराठे ज़्यादातर ठंड के मौसम में ही अच्छे लगते हैं क्योंकि गर्म गर्मी वगैरह में वैसे भी ऑयली लोग नहीं खाना पसंद करते हैं और तैयार तो है हमारा पराठा जिसको मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है ऊपर से और चटनियाँ हैं और प्याज थोड़े से खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है